स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल शिवा ब्लॉग पर तो आज हम लोग जा रहे हैं रोड ट्रिप पर तो आज हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे आज ये रोड ट्रिप में मैं आप लोगों को काफ़ी खूबसूरत जगह दिखाने वाला हूं तो आप लोग हमारे ही वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए दोस्तों और हाँ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ये वीडियो लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर करना दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे YouTube चैनल शो अप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लेना हमारा न्यू वीडियो देखने के लिए